रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं आज का यह दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि यह दिन मेरी जिंदगी